भुके चरणों से सहचा ग्यार किसी को हो जाए दो चार शहर की बातें ही क्या सनसार उसे के हो जाए सनसार गणिका ने कौन सा बेद पढ़ा कुबे जा क्या रूप की रानी थी गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा कुबे जा क्या रूप की रानी थी जा क्या रूप की रानी थी छल छोड़ कपट प्रभु प्रेम किया सर का उसे के हो जाए प्रभु के चरणों थे मैं सागर प्यार के तो जाए ध्रुव तो बालक थे वो भक्ति भावना क्या जाने ध्रुव तो बालक थे वो भक्ति भावना क्या जाने वो भटे भावना क्या जाने दिल से, दिल से पुकारे ईश्वर को दिल से पुकारे ईश्वर को सरकार के हो जाए प्रभु के चरणों के प्यार प्यारे को हो जाए ते हैं जो प्यार किया है भगवान से जो बैर किया है सबकी अलग अलग मिली है रावण ने राम से बैर किया वो ये जाते हैं अभी जलाए जाते वो अब जलाए जाते हैं सब छोड़े विभीषण शरण गया सब छोड़े विभीषण शरण गया घर बार उसी के हो जाए प्रभु के चरणों के सैचागर प्यार किसी को हो जाए प्रेम दीवानी मीरा से दौलत वालों शिक्षा लो उसे प्रेम दीवानी मेरा से उसे प्रेम दीवानी मेरा से सब छोड़ प्रभु के शरण गया सब छोड़ श्याम के शरण गया घन श्यामोती के हो जाए प्रभु के चरणों से तैचागरे प्यार किसी को हो जाए प्रभु के चरणों से कैचागरे प्यार किसी को हो जाए दो चार शहर की बात क्या संसार सन सनसारों के हो जाए संसार से